अरे वाह मछली जैसे तैरते हो। जो नदी, सिर्फ जूस का ही शौक है या कुछ और भी पीते हो <laughs> कन्याओं का शौक तो जरूर होगा <laughs> नहीं नहीं,

तुम्हारे शौक क्या के अभी अभी शॉर्ट फिल्म बनाने का शौक चढ़ा है सर वही शूट करते रहता हूँ रियली हाँ कली कुछ शूट किया दिखाओ क्या हाँ दिखा। ऐसा ट्विस्ट है कि होश उड़ जाएंगे हो oh, क्या बात है

टका डालूंगा सुनाई दे रहा है कि वॉल्यूम बढ़ाऊं। बाप की जायदाद खा जाऊंगा जैसे ही आपने दो सिगरेट ना, वैसे ही मुझे इस वीडियो का टाइटल मिल गया कबीर सिंह पार्ट टू डिलीट करने का क्या लोगे? बस लोग मेरे बेटे को धूपे में तोड़ाओ तुमने भी तो मुझे जिंदगी भर दौड़ाया है